नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज हम सीखेंगे अल्फाबेट और लेटर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है अल्फाबेट वर्णमाला एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित अक्षरों का एक समूह है जिसका उपयोग लेखन प्रणाली के लिए किया जाता है किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए वर्णमाला की आवश्यकता होती है अंग्रेजी भाषा में एक वर्णमाला प्रयोग होती है इसमें 26 अक्षर हैं यानी इंग्लिश लैंग्वेज में एक अल्फाबेट है जिसमें 26 लेटर्स हैं जो कि A टू Z हैं लेटर यानी अक्षर एक अक्षर एक प्रतीक यानी चिन्ह जिसका उपयोग हम भाषा को लिखने के लिए करते हैं और यह भाषा में ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है यानी किसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है यह बोले जाने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई यानी कि यूनिट है अक्षरों के बिना भाषा लिखना संभव ही नहीं है इसीलिए प्रत्येक लिखित भाषा में अक्षर होते हैं आइए उदाहरण से समझते हैं मैंगो यानी आम मैंगो एक वर्ड है यानी एक शब्द है इसमें एम एक लेटर है कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बाय बच्चों